का द्वारा दूषित भोजन होती है संदूषण के बाद जीवाणु अंत जीविश पैदा करता है जिसके कारण प्रचुर पीड़ादायक और पतले दस्त होते हैं ये जल्दी गंभीर निर्जलीकरण को उत्पन्न करता है यदि रोगी को समय पर तुरंत उपचार प्रदान नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इसके अलावा ज्यादातर रोगियों को उल्टी भी होती है आमतौर पर हेजा के बैक्टीरिया को पानी या भोजन के स्रोतों में देखा जाता है इस रोग का बैक्टीरिया पीड़ित संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा भी संचारित हो सकता है आमतौर पर हैजा को अपर्याप्त पानी की सुविधा अस्वच्छता और अपर्याप्त सफाई के साथ कई स्थानों पर पाया जाता है हैजा का जीवाणु खारी नदियों और तटीय जल के वातावरण में भी पनप सकता है हो या होता लेकिन गंभीर हो सकता संक्रमान संक्रमित व्यक्ति में हैजा के गंभीर लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं पानी व्यक्ति के शरीर में तेजी से तरल पदार्थों का नुकसान होता है जो कि निर्जलीकरण और आघात को पैदा करता है यदि रोगी को तत्काल उपचार प्रदान नहीं किया जाता है तो घंटे के भीतर रोगी की मृत्यु हो सकती है खराना है दस्त अतिसार डायरिया वाला रोग है जो कि विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण होता है ये प्रजाति मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है मानव पाचन तंत्र में बैक्टीरिया की उपस्थिति उसके मूल जीवन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, है के बैक्टीरिया व्यक्ति में दूषित भोजन खाने या पानी पीने के माध्यम से संक्रमित हो सकता है आमतौर पर इस महामारी के संदूषण का प्रमुख स्रोत संक्रमित व्यक्ति का मल होता है जब मक्खियां मल पर बैठती है तब मक्खियों के पैरों की गद्दी में बैक्टीरिया चिपक जाते हैं जब ये मक्खियां खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, तब बैक्टीरिया आहार में पहुंच जाता है ये बैक्टीरिया दूषित आहार के माध्यम से व्यक्ति में संचारित हो जाता है ये रोग सीवेज की अपर्याप्त सुविधा और अनुचित पीने के पानी की व्यवस्था वाले क्षेत्रों में तेजी से संचारित होता है ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती है बल्कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमार होने का कोई खतरा नहीं होता है नदाना। में, माला ग्रेमा ग्रेमा कालकारा, या माला हाँ। कालकारा मल या नमूना लिया जाता है तथा इसे हेजा बैक्टीरिया परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है हेजा कौट, इस कॉट का उपयोग रोगी द्वारा मल की उत्सजित मात्रा और नष्ट हुई द्रव की मात्रा को पूरा करने के लिए किया जाता है कराना कराना से से के पदाथम का हाई, को सब्जी और चिकन की सूप का सेवन भी किया जा सकता है रोगी को घरेलू नुस्खे जैसे कि दाल का पानी हरे नारियल का पानी नमक रहित सूप हल्की चाय मीठे के बिना और मीठा रहित ताजा फलों का रस सेवन के लिए दिया जा सकता है दवाएं एंटीबायोटिक्स बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम कर सकता है लेकिन इस दवा का उपयोग पुनर्जलीकरण प्राप्त करने में सहायता नहीं होता है W salvara dasta adasara diarrhea separita baxko lagatoricole jane kisa forizer ki jadi high. Samanya anta ki prakriya copuna prakte karin kalai lagatoricole jane se saharada militi high. I say vyaparita jadi lambiya vadi tarka dasta adasara diarrhea separita baxko ahara ka savanna pratebantita hota high. तो उन बच्चों में आंख की सामान्य प्रक्रिया को पुनः प्राप्त करने की गति मंद हो जाती है की के लिए सुझाव। पीएम। अपने हाथ साबुन और साफ पानी से धोए आहार को, को उचित तरीके और पूरी तरह से ढाक कर पकाए इन वैक्सीन वैक्सीन जो की भारत में लाइसेंस प्राप्त और डब्ल्यू एच ओ से अर्थता प्राप्त करने के लिए लंबित है क्योंकि वैक्सीन की दो खुराक है वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्ति में कई सप्ताहों का समय लग सकता है इसलिए टीकाकरण को हैजा की रोकथाम और नियंत्रण के मानक उपायों के साथ बदला नहीं जाना चाहिए